हेलो एवरीवन स्वागत करता हूँ दोस्तों आप सभी का एक बार फिर नए वीडियो में स्वागत करता हूँ दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल टेक्निकल अर्जुन जी में हाँ दोस्तों यदि आप यूट्यूब पर रेगुलर वीडियो बनाते हैं और आप स्क्रीन रिकॉर्डर वीडियो भी बनाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट यूजफुल होने वाली है तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि ये आपकी ये वीडियो बहुत काम आने वाली है आपको बताने वाला हूँ प्रोफेशनल ऐप स्क्रीन रिकॉर्डर प्ले स्टोर और बहुत सारी सैकड़ों ऐप है जो आप उन्हें इस्तेमाल करते हैं लेकिन आप उनसे सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। हाँ दोस्तों लेकिन इस जो मैं आपको ऐप आप बताने जा रहा हूँ एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ आप उसे 100 परसेंट सेटिसफाई हो पाएंगे और आप अपनी रिकॉर्डिंग स्क्रीन रिकॉर्ड वीडियो बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल तरीके से बना पाएंगे हाँ दोस्तों मार्क वाली जो आपने देखी जो अधिकतर यूट्यूबर उसी एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं जो मैं बताने वाला हूँ दोस्तों तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना और इससे क्या होगा आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगी तो चले शुरू कर लेते हैं आज के नई वीडियो को दोस्तों सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना होगा जैसे आप प्ले स्टोर में जाते हैं तो आपको सर्च बार पर क्लिक करना होगा सर्च बार पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको टाइप करना होगा वी रिकॉर्डर वी रिकॉर्डर आप जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने एक एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी जो मैंने भी इंस्टॉल किया और इसी से मैं स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर रहा हूं। आपने जैसे ही वी रिकॉर्डर एप्लीकेशन का नाम डाला है तो उसमें आपका उसका नाम वी रिकॉर्डर नहीं ये आएगा क्योंकि ये ऐप ये नाम इसका अपडेट हो चुका है अब लास्ट में ले आएगा आप वी रिकॉर्डर एडिटर पहले शुरू में आएगा इसक्रीन रिकॉर्डर अब इसकी पहचान क्या है आप इसे इस तरीके से पहचान सकते हैं जो आपने ये को ये ब्लू वाला एक मिनट में आपको मार्क करके दिखा देता हूं ये वाला आप इसको याद रखना है जो आपको ये लिखा हुआ है वीडियो शो एंजॉय मूवी वीडियो एडिटर एंड वीडियो मार्कर तो मैंने भी इंस्टॉल की है मैं इसे ओपन करता हूं आप इसे इंस्टॉल कर लेना देन आप इसको ओपन करना है तो चलें इसे को ओपन कर लेते हैं ओपन करने के बाद इसमें कुछ सेटिंग्स आती हैं वो हमें सेटिंग्स करनी होती हैं हम तभी इसको यूज कर पाएंगे कि हम कैसे इसे प्रोफेशनल तरीके से यूज़ करते हैं चलिए मैं इसके बारे में आपको सेटिंग के बारे में बताता हूँ तो आपको सबसे पहले सेटिंग वाला आपको ऑप्शन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करना होगा आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसी सैटिंग्स ओपन हो जाएंगी आपको वीडियो ओरेंटेशन इसको ऑटो रखना है वीडियो रेजोल्यूशन आप जैसा रख सकते हैं आप जैसा फ़ोन आपका सपोर्ट करता है आप वैसा रख सकते हैं तो आप नॉर्मल वीडियो बनाते हैं आप 720 या 1080 पिक्सल रख सकते हैं क्योंकि अगर आप टू के या फोर के में बनाओगे तो बहुत ज़्यादा एम में जी में बनती है वीडियो जिससे हमारी जब यूट्यूब पर अपलोड करते हैं बहुत परेशानी होती है तो इसमें एक या सात आप रख सकते हैं मैं अभी इसमें एक रखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं आप वीडियो क्वालिटी आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं आप ऑटो रख सकते हैं या आप अपने मैनुअल तरीके से मैंने ऑटो किया है तो आप इसे ऑटो रख सकते हैं चलिए आप आपको कुछ इसमें आगे कुछ नहीं छेड़ना आगे मैं चल के आपको बताता हूँ रिकॉर्ड ऑडियो यदि आपका ऑफ़ है तो इसे ऑन कर देना है यदि आप इस पर वाटरमार्क आप इसे ऑफ ही रहना है इसको यदि आप इसका थीम्स चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं कोई ज़रूरत नहीं है इसकी चेंज करने की अब नीचे आ जाइए इसमें आपको कुछ सो टच दिख रहा है वैसे इसके कोई आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे इसमें क्या होता है जैसे आप स्क्रीन पर क्लिक करते हैं तो उसमें बब्बल्स बन जाते हैं शो होता है कि हमने इस पर क्लिक किया है यदि आप इसे चाहते हैं इसे ओपन करना चाहते हैं तो आप इसे ओपन कर सकते हैं यह आपके सेटिंग्स में जाके फ़ोन की सेटिंग्स में से होता है तो चलिए इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है हाइड द रिकॉर्ड्स विंडो ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग इसमें क्या होता है कि आप जब इसका आप उनको आप ऑन उन कर देंगे तो जो ये बराबर वाला है ये ये वाला आपको दिखाई नहीं देगा ये वाला दिखाई नहीं देगा जिसमें टाइमिंग चल रहा है ये दिखाई नहीं देगा अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपको कुछ नहीं करना ये जितने भी ओफ पड़े हैं इनको ऑफ ही रखना है सेक फोन टू स्टॉप रिकॉर्डिंग यदि आपको फ़ोन हिले धुलले का तो वो स्टॉप हो जाएगा तो उसको ऑन नहीं करना है काउंटडाउन इसमें तीन सेकंड का रखना है और कीप रिकॉर्डिंग फैन स्क्रीन ज़ीरो इसे मतलब ओ पी रखना है ठीक है इसमें कुछ आपको छेड़खानी नहीं करनी है और मैं आपको एक और चीज़ के बारे में बताऊंगा लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है तो आप लैंग्वेज सेलेक्ट सक, कर सकते हैं इसमें यह देखिए आप जो शॉर्टकट की है इसकी वो मैं आपको बता देता हूँ जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे चाबी वाला और बैग वाला आइकन दिखाओ इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप ऐसे कैमरा भी ऑन कर सकते हैं वाटरमार्क भी और इस्क्रीन भी ले सकते हैं आपको यदि कुछ हाईलाइट करना है जैसे मैं किसी पॉइंट्स को किसी हाईलाइट करूंगा तो आपको ये ब्रूस वाला ऑप्शन आ रहा है आप इस पर क्लिक करिए और आप किसी भी कलर का जैसे मान लीजिए मुझे ग्रीन करना है ग्रीन कर ली सेलेक्ट कर लीजिए और इसमें आप जैसा सर्कल एरो देना चाहते हैं एरो ओ या सर्कल से या रिक्टेंगल या स्क्वायर या स्टार किसी भी प्रकार का आप या लाइन किसी भी प्रकार का आप सेलेक्ट कर सकते हैं आप इसे हाईलाइट करके इसे दिखा सकते हैं इस एप्लीकेशन में यही मैन सबसे चीज़ है कि हम इसमें एजुकेशनल वीडियो भी इसके थ्रू बना सकते हैं और आप कि या किसी भी चीज़ के बारे में स्क्रीन रिकॉर्डर करके आप बता सकते हैं क्योंकि इसमें एक सबसे मैन इंपॉर्टेंट जो फंक्शन दिया हुआ है ये दिया है कि इसमें ब्रश का ऑप्शन दिया गया है हम उसे हाईलाइट करके मार्क करके दिखा सकते हैं तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेलाइकन को प्रेस कर देना